आ, आला हजरत हमारी शान है आला हजरत हमारी जान है बोलो ना आला हजरत हमारी शान है आला हजरत हमारी जान है आला हजरत हम शान है आला हजरत आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही उधर से।, से आला हजरत हमारी शान, शान है आला हजरत हमारी जान है आला हजरत हमारी जान है आला हजरत हमारी जान है प्यार नबी की प्यारी दुआ को आला हजरत कहते प्यारे नबी की प्यारी दुआ को आला हजरत कहते हैं शेर खुदा की लुत्फ अता को आला हजरत कहते हैं शेर खुदा की लुत्फ अता को आला हजरत कहते हैं बॉस शहेजी की रजा को आला हजरत कहते हैं बॉस शहेजी जा को आला हजरत कहते हैं और से आए पाजा पिया को और से आए पाजा पिया को और से आए पाजा पिया को आला हजरत कहते हैं आला हजरत हमारी शान है पूरा मजदान आना लगे आला हजरत के नाम से नारे नारे नारी सरकार आला हजरत आला हजरत हमारी सान है ओड़ी साके जा ओड़ी साके ओड़िशा है आला हजरत राजा आला हजरत आला हजरत हमार जान है आला हजरत बोलो ना आला हजरत बोलो ना आला हजरत हमारी आला हजरत हमारी आला हजरत हमारी जान है जान है आला हजरत हम जान है होता है और होता रहेगा चर्चा आला हजरत का सुनाए सुनाए मेरे साथ पड़े आला हजरत हमारी जान है Zarate, होता है और होता रहेगा चर्चा आला हजरत का बजता है, है और बजता रहेगा डंका बजता है और बजता रहेगा डंका आला हजरत का सजता है और सजता रहेगा जलसा आला हजरत का सजता है और सजता रहेगा जलसा आला का हर चांद खुशी लगता रहेगा हर चांद खुशी लगता रहेगा हर चांद खुशी लगता रहेगा हर चांद खुशी लगता रहेगा नारा आला हजरत का अल्लाह आला हसीब नार सरकार आला हजरत सरकार मुजाहिदे दे सरकार हबीबो मुजाहिद मुजाहिद जाते थे आला हज़रत का लेकर अब अब सुनिए शेर शेर शेर बोल आ, आ, आ, आ, बोल आ, आ, बोल आ, बोल मुझे बोलने दिया जाए का नाम लेते लेते मस्तान कर निकल जाए कोई नहीं शेर बोलने दो मचल मचल कहता है मुजाहिद का और कितना राजा मुजाहिद का और निस्ंदे आला हजरत लेकर आला हजरत लेकर जिस जगह वो जाते थे हर दिल पर हो जाता था कब्जा आला हजरत हमारी जान है आला हजरत हमारी जान है जान है मस्तान, मस्तान। मस्तान मस्तान, मस्तान, मस्तान मस्तान एक बन आपके बन हवाले से हवाले से सुना देता हूँ अल्लाह हजरत हमारी जान है अल्लाह हजरत हमारी जान है